शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए थे नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है पठान के गाने बेशर्म रंग पर विवाद के बीच सी बी एफ सी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने कहा की हमने मेकर से कहा है की वे फिल्म की रिलीज से पहले रिवाइज वर्जन हमारे पास सबमिट करे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बारीकी से देखने के बाद ये सुझाव दिया सेंसर बोर्ड हमेशा से क्रिएटिविटी और दर्शकों की संवेदनशीलता के बीच बैलेंस बनाकर रखता है पठान 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है पठान के गाने बेशर्म रंग में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भगवान विकनी में दिखाई दी थी इस पर विवाद शुरू हो गया था गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा सेंसर बोर्ड का निर्णय सराहनीय है जब यह मामला मेरे सामने आया था तभी मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यकों को, को निर्देशको कलाकारों को सभी को ध्यान चाहिए सराहनीय है जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि दूषित मानसिकता से बहुसंख्यम वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है रील